क्या मैं भी आज कैरी की की वाला क्लिप देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किस आर्टिस्ट बात करने वाले हैं तरुण गिल नहीं बॉडी फिल मैदान में उतर रहे हैं तरुण गिल जब से कैरी भाई ने जूनियर जोगिंदर को रोस्ट किया है तब से इस बावलिक दिल और दिमाग दोनों ने ही गांजा फूकना शुरू कर दिया ना जाने कितने युवक शिकार हैं इन मादक पदार्थों का कोई इनकी मदद क्यों नहीं करता ये भी आप जैसे है ना ना और, और ये बात जानकर मैं बहुत खुश हुआ क्यूँकी कोई तो बंदा है जो कैरी भाई को रोस्ट कर सकता है अच्छा हमको सिखा है। फिर क्या मैं खुशी से इस वीडियो पर क्लिक किया और देखा तो रियक्शन मेरी कैरी मिनाटी के ऊपर मेरा रिएक्शन रिएक्शन? तो बनता ही है, है! वाह, क्या फ्लिप क्लाइमैक्स एकदम से वक्त बदल बदल बदल दिया, दिए, दी। भाई तू एक बात कर ले, रोश्त या खैर इन सब पर हम बाद में करेंगे, पर फिलहाल हम इसका रिएक्शन देखते हैं शब्द देख रहे हो लड़ने की इसकी आंसू इसके आंखों तक आ गए हैं बस बाहर आने की कैरी का तो आपके साथ वीडियो देखा भी। मैंने, आ, का भी देखा, का भी वीडियो देखा का भी देखा का देखा देखा देखा भी भी भी भी मैंने का का का लक्ष्य चौधरी धीरू मंचिक सबका सो मुझे लगता है कि यार रोस्टिंग इज अ टफ जॉब इसमें आपको you know, it तो, तो इस ने रोस्टिंग के नाम पर वीडियो की शुरुआत रिएक्शन से की और पूरे 20 मिनट तक इसने सिर्फ हगा है। तो क्या आप लोग जानते हैं कि मैंने इसे रोस्ट क्यों किया? तो की कि so, कसम से बता रहा हूँ इसके पूरे बीस मिनट की वीडियो को देखने के बाद मुझे भी इसको कुछ देने का मन किया गाली नहीं रॉड तो है। yeah. तुम बड़ा खुश हो हो? रहे खैर, तो तो तो लेना क्यूँकी मेरी बॉडी पंप नहीं है और तुम सब लौट लो आखिर और कितना वेट कराओगे अब सब्सक्राइब भी कर दो कर भी दो इस वीडियो का एम है थाउजेंड लाइक्स और हंड्रेड कमेंट्स